से में अब लाइव नहीं चला रहे हैं नंदना बेटा ना बोलो बोलो बोलो अरे ठीक है पे भी कर सकते हैं यानी कृपया करें बाजार और क्रिकेट का हां अल्हम्दुलिल्लाह नाम है धूम में आगे वाले में सुन रहे हैं सभी श्रोता सरवन ने मेरी प्रति विनती गई मौके से दिए हैं नहीं मौके से गेट भर की पावली है कृपया का पाउन किया पकड़ नहीं पाएगा कैच का कर तू कल साइड हो जाएगा खेल देख मैं नहीं डालता अच्छा। अरे अरे तू पहले बोल कर राइट जा फील्डिंग कर अरे तू के नहीं चला देख रहा ना तू वाइड कर अच्छा वाइड वाइड क्या है आ बैठ के रहला है क्या नहीं है। एक तीन रन एक एक तीन रन रन है। के बाद मजा okay, आव okay. okay.